मैं उसे याद करती हूं और इतना याद करती करती और इतना कि कि बैठे-बैठे उसकी यादों में खो जाती हूं और वो उसे उसे कितना दूर चला गया है कि उसे मेरी याद तक नहीं आदा दिन रातरा